है थ्रेड स्टार्ट विधान ठीक है और थोड़ा सा छोड़ सकते हो आप थ्रेड मतलब पीछे एक नॉट सिंगल स्लिप नॉट ऐसे करके mm -hmm. ठीक है नॉट द एंड यू हैव टू डू रनिंग स्टिच स्टिच या बास्टिंग वाले क्या कहते हैं बास्टिंग स्टिच इसमें मतलब यू कैन सी ऑल ऑफ डन आप इतना ले कोई शिकायत नहीं है तुम लोग देख सकते अभी ऑनलाइन लाई ठीक है जितना सुंदर डिजाइन बनाओगे उतना अच्छा आएगा ठीक है सो जस्ट पुट द नीडल मैं भी डाइट में तो रात करेंगे कितना 4 बजे नहीं ठीक है जब ये पूरा रैप हो जाएगा वंस इट इज रैप्ड देन यू हैव टू स्क्वीज इट सो इट इज ऑल अबाउट स्क्वीजिंग एंड प्रेसिंग सो देन यू हैव टू स्क्वीज इट मैम हां कितना करना है कितना स्किन बाय किन टेन बाय टेन ग्लॉब्स ग्लब्स वो क्या होता है मुस्कान ग्ल चाहिए बेटा एक में को जरा है कपड़े लाओके देखो मेरी ये इसी में लड़ाई राइट मुस्कान बोला नहीं, फिर उसके ऊपर और करी, रेड लात नहीं मारते मुस्कान बर्तन को लाइट कलर दो दे दो दे अब पीछे।, पीछे देख मेरी दो कलर ही तो, तो, तो मैं क्या रो रहा हूँ जब रेड चाहिए अगर हम तीन पार्ट तीन कलर देखो मेरी इसी में लड़ाई ले राइट मुस्कान ग्लव ग्लव वो क्या होता है बेटा एक सैंपल में को करो। कपड़े सर, दिया, बोला नहीं फिर उसके ऊपर व्हाइट पे रहने दिया, रेड ट्राई करा बोलना नहीं है जब रेड सूट जाएगा तो उसमें ट्राई करो फिर ब्लैक कलर हमेशा लाइट टूट डार्क कलर सिखा रहे हैं देख रहे हो मैम आपकी मैम आज डाल दूंगा YouTube तो पे हाँ हाँ, हाँ सारी, सारी कलर इसी में डाल दे मेरी तो और लात नहीं मारते मुस्कान बर्तन को लाइट कलर दो ऑरेंज। येलो दे दो अब ये येलो रहा पीछे देख मेरी दो कलर ही उ तुम्हें क्या रो रहा हूँ सिखा दे, <laughs> देख रहे हो मैम आपकी मैम <laughs> <laughs> आज डाल दूंगा यूट्यूब पे हाँ हाँ मुस्कान सारी सारी कलर इसी में डाल दे मेरी